हेलो माई डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज प्रजेश भारती सो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जो है एसएससी एस कांस्टेबल पुलिस रेलवे बीपीएससी और अदर एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब जो है बीपीएससी और यू और एसएससी एस कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन से चैप्टर का नाम है धार्मिक आंदोलन यह थर्ड चैप्टर है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका पूरा पार्ट देखना यह पार्ट वन है और शाम के छः बजे तक है पार्ट टू इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो वहां जाकर देख लेना ठीक है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए बीस बाईस चौबीस चौदह तो चौबीस इसका सही आंसर हो जाएगा जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में चौबीस तीर्थकर हुए सेकंड क्वेश्चन है त्रिपीठक धर्म ग्रंथ है त्रिपीठक धर्म ग्रंथ है किसका है तो जैनों का है बौद्धों का है सिखों का है या हिंदुओं का है त्रिपीठक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है इसका सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा यह बौद्धों का ग्रंथ है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरविन महापरिनिर्वाहन का मृत्यु का मृत्यु को प्राप्त किया कुशीनारा कुशीनगर में कपिलवस्तु में पावा में कुंडग्राम में तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनिए कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरवी महापरिनिर्वाहन यानी मृत्यु को प्राप्त किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर कुशीनारा में कुशीनगर कुशीनारा में ए नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा फोर नंबर का क्वेश्चन है किस शासक ने बोधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी महीपाल देवपाल गोपाल धर्मपाल तो इनमें से जो है धर्मपाल ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी विशाल विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था तीन नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा अभी सभी को सबको ध्यान से देखना ठीक है सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिकवर करना है पांच नंबर का क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया उपाली। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पीठकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई संस्कृत अधम माग्धी पाली और प्राकृतिक तो पाली इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पाली के द्वारा जो है इसका जो है प्रचार भी किया गया था तो इसलिए इसका बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी तो सात नंबर का क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ समुन्द्र चंद्रगुप्त अशोक हर्षवर्धन तो अशोक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो सांची क्यों विख्यात है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के द्वारा प्रसिद्ध है या फिर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण प्रसिद्ध है या गुहा चित्रकारी के कारण प्रसिद्ध है या अशोक के शिखालेख के कारण प्रसिद्ध है तो हम तो दोस्तों सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि सांची में सबसे बड़ा बौद्ध का स्तूप है अस्तूप मतलब होता है एक मिट्टी का सबसे बड़ा ढेरू है इसलिए ये साची विख्यात है तो नाइन नंबर का क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था जात्रिक तो महावीर का जन्म जो है जात्रिक गोत्र में हुआ था तो बी नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ तो जात्रिक गोत्र में, में महावीर का जन्म हुआ तो टेन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर की माता की महावीर की माता कौन थी उसका क्या नाम है तो यशोदा अनुजा त्रिशला देवानंदी तो महावीर की माता का नाम था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था आनंद साड़ी पुत्र सुभद्र इसका डी नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा सुभद्र ठीक है तो ट्वेल्थ नंबर का है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है गांधार कन्नौज नालंदा वैशाली तो इसका नालंदा विश्वविद्यालय नाहन बीसी नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिहार में पढ़ता है थर्टी नंबर का क्वेश्चन है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार में किया गया था अभी क्वेश्चन जस्ट मैंने पहले रिपीट किया था संस्कृत प्राकृतिक पाली सेरसेनी तो पाली में जो है सबसे ज्यादा प्रचार किया गया था बौद्ध वाद में ठीक है तो फोर्टी नंबर का क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुए थे महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी श्रवण बेलगोला में लुम्बिनी में पावापुरी में कुम कुल गुमले में तो पावा पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा अच्छे से इसको क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट लेना है तिले तो लो बोधिसत्व पद्म प्राणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो अजंता में है बाघ में है बदामी में है एलोरा में है तो अजंता में बोधिस्तव बोधिसत्व पदम प्राणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित है जो कि अजंता में है ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म ईसाई धर्म तो बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा कि मठ मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है तो सत्रह नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे बिंबिसार अशोक बिंदुसार अखबार अक, तो बिम्बिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार के समय ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों दोनों को उपदेश दिए गए थे उसी के शासन काल में तो एट्टीन नंबर का क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बौद्ध गया लुम्बिनी सारनाथ कुशीनगर तो सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी यशोधरा यशोधरा महामाया महा महाप्रजापति महा गौतमी बिंबा तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी महाप्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक बोध है बोधगया स्थित है पश्चिम बंगाल में उड़ीसा में बिहार में असम में बौधगया स्थित है पश्चिम बंगाल में उड़ीसा में बिहार में या असम में तो बोधगया जो है ठीक है बढ़ते हैं इसका जो है जल्द से छः बजे जो है आप लोग वेट कीजिएगा छः बजे शाम में मैं इसक इसका पार्ट टू जो है इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा ठीक है आज शाम में तो इसलिए चैनल पर विजिट कीजिएगा सिक्स बजे जो है लाइव होगा लाइव क्लास होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसा लगा आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच